एक ख्वाब एक ख्वाब है ला पूरा हो तो जन्नत, रह तो है एक है ला इसके क्या कुछ करना है? रोज तिनका तिनका देख मरना पड़ता है रोज दिन्का दिन्का देखो, मरना है कुर्बानी भी इसके खर बहुत दी जाती है राहे इनके कितने रिश्तों पर से होकर जाती है कुछ छोटे सपने भी खातिर इसके कुर्बान करने पड़ते हैं ना जाने कितने शहर कितने घर बदलने पड़ते हैं ना जाने कितने शहर कितने घर बदलने पड़ते हैं तब जाके कहीं एक ख्वाब सांस लेता है ना जाने कितने सपने कितने बचपन छीन लेता है खातिर इसके भूखा भी रहना पड़ता है खातिर इसके भूखा भी रहना पड़ता है हर मौसम हर बार का दुख सहना पड़ता है हर मौसम हर बाढ़ का दुख सहना पड़ता है फंस जाते हैं हम दरअसल से कुछ कितने ऐसे सपनों में फस जाते हैं दलदल दल से हम कितने ऐसे सपनों में न संग होती है न त्योहार पिताते अपनों में एक ऐसा भी मेरा ख्वाब है अधूरा एक खुदा एक ऐसा भी मेरा ख्वाब है अधूरा एक खुदा जिसके खातिर हरेक अपनों से हो गया हूँ मैं जुदा जिसके खातिर हरेक अपनों से हो गया हूँ मैं जुदा